कांग्रेस से नौगांव नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दौलत अजय तिवारी ने चुनाव हारने के बाद आरोप लगाया कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित भाजपा के एजेंट बन गए इनकी करतूतों की शिकायत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से की जाएगी छतरपुर जिले के महाराजपुर के कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित आरोप नगर के कांग्रेस प्रत्याशी दौलत अजय तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट बताया उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव हरवाने में विधायक की बड़ी भूमिका है कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है की बीस सदस्यीय पार्षद वाली नगर में कांग्रेस के आठ बीजेपी के पाँच छह निर्दलीय दो बहुजन समाज पार्टी के पार्षद है ऐसे में कांग्रेस का आसानी से नगर पालिका अध्यक्ष बन सकता था लेकिन कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस पार्षद विष्णु स्वरूप नायक को बागी प्रत्याशी बनाकर खड़ा कर दिया जिससे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी की हार हो गई। अपनी हार के बाद दौलत तिवारी ने कांग्रेस विधायक पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए इसकी शिकायत कमलनाथ सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं ऐसी करने की बात कही है हालांकि बाद में दौलत अजय तिवारी नौगांव नगर में उपाध्यक्ष का चुनाव जीत गए देखिए जो अपने हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं नीरज दीक्ष वो यहाँ भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए तीन मेंबरों को सीधा सीधा उन्होंने भाजपा के खेमे में भेज दिया इसके बाद जनपद के चुनाव हुए अपनी माँ का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को उनने गिफ्ट किया इसके बाद अभी आप देखो जो पूरे जिले के अंदर किसी भी विधानसभा के अंदर किसी विधानसभा में एक परिवार के दो लोगों को टिकट नहीं मिला होगा लेकिन इनके खासम खास कहे जाने वाले सोनटू अग्रवाल हरपालपुर में और उनकी पत्नी को इनने टिकट दिया और अध्यक्ष पद प्रत्य, प्रत्याशी के रूप में उनको सुशोभित किया और उसके बाद वो चारों लोगों को भाजपा को सौंप दिया आज इसी तरीके का काम यहाँ जो एक नगरपालिका थी जो कांग्रेस के लोग एक आस लगाए बैठे थे पूरे ज़िले में कि पूरी नौगांव नगर का में कांग्रेस का बोर्ड बनने वाला है और आज पूरी ताकत से विधायक ने विरोध करते हुए भाजपा की सरकार बनवाने में जो सहयोग किया है उसके लिए हम निश्चित रूप से पार्टी फोरम में मिलेंगे कमलनाथ जी से मिलेंगे और व्यक्तिगत जो बड़े नेता हैं उनके समक्ष अपनी बात ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन